कटनी के बड़वारा इलाके में रहने वाले तकरीबन नौ गांवों के आदिवासी सरकारी नियम कायदों का शिकार हो रहे हैं मुख्य मार्ग तक पहुंचने वाली सड़क पर रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया गया है जिसको लेकर ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है रास्ता बंद होने के चलते नाराज ग्रामीणों ने जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है बड़वारा विकास खंड के ठुठिया सलैया गाँव के लोगों का जीना मुहाल हो गया है दरअसल से सलैया मुख्य मार्ग तक पहुंचने वाली सड़क पर रेलवे लाइन का काम शुरू कर दिया गया है जिसमें मुख्य मार्ग तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है अब ग्रामीणों को सलैया मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर की जगह दस किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है स्थानीय लोगों के मुताबिक ठुठिया के अलावा अमराडांड कोडो कछारी झांपी कारीबराह और धीरपुर गांव का भी रास्ता बंद हो जाने के कारण प्रभावित हुए हैं कायदे से रेलवे को सड़क बंद करने के पहले या तो वहाँ रेलवे फाटक का इंतजाम करना चाहिए था या फिर पुलिया का निर्माण करना था ताकि ग्रामीणों को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है लोगों के मुताबिक तो अब यह इलाका मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो गया है न तो इस इलाके में एम्बुलेंस आपाती है और न ही आपात सुविधा पहुँच सकती है बड़वार कोई एम्बुलेंस न कोई गाड़ी आ सकती है लोग बाग बीमार हो जाते है कोई साधन नहीं दस किलोमीटर मुक्त पहुंच मार्ग जाना पड़ता पहले रास्ता हो इसकी बात रेल मार्ग किया जाए यहाँ से निकलने के लिए नहीं तो हमको ब्रिज बना के दिया जाए ठीक है नहीं तो हम सब लोग यहाँ पे लाइन पे सो जाएंगे धरना धारेंगे।, धारेंगे क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम होती बरसात में भी प्रॉब्लम होती चाहिए रोड से से था तो हम लोग निकल जाते थे कच्ची सड़क लोगों लोग का आरोप है की उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर रेलवे के महाप्रबंधक तक अपनी परेशानी सुनाई है लेकिन आज तक उन्हें किसी प्रकार की मदद हासिल नहीं हुई है हालात ऐसे बदतर है की लोगों से लेकर स्कूली बच्चे रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं जिसके चलते किसी भी दिन बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है वहीं स्थानीय लोगों ने तय कर लिया है कि अगर जल्द ही उन्हें राहत नहीं पहुंचाई गई या फिर वैकल्पिक मार्ग नहीं दिया गया तो ये लोग रेल की पटरियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे वही बड़वारा कांग्रेस विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह ने ग्रामीणों की समस्या का निदान कराने के लिए संबंधित डी को पत्र लिखने की बात कही है बड़वारा तहसीलदार भी वैकल्पिक रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं विजय में जी मैं अभी सुबह सुबह वीडियो भी एक देखा है जिसमें बच्चे लाइन करास करके और स्कूल जाते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसमें मैं अभी डीआरएम साहब को बिलासपुर चिट्ठी लिख रहा हूं कि उसमें कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले जिससे से गाँव के आदिवासी या बच्चों को असुविधा ना हो और उनका आवागमन चालू हो जाए व्यवस्थित रूप से जिससे मतलब लोग खुश हो जाए कि चलो ये होना चाहिए